मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरतम मिश्रा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं पर हमला बोला गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि राहुल का तो काम ही हो गया है बार बार देश की बदनामी करना और कोर्ट से माफी मांगना कमलनाथ पर गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को भाजपा नहीं उनके ही लोग घिरते हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर में संदिग्ध से पूछताछ के मामले में कहा की जिससे पूछताछ की गई उसका नाम मोहम्मद हसन है उसकी उम्र सत्ताईस से अट्ठाईस साल है ये कुछ समय पहले ही दुबई गया था ए को इस पर शक हुआ एमपी पुलिस और एएनआई की टीम ने इससे पूछताछ की पूछताछ के बाद इसे छोड़ दिया गया साथ ही गृह मंत्री ने राहुल गांधी की सजा पर कहा कि मैंने राहुल गांधी को सजा मिलने पर कांग्रेसियों के ट्वीट देखे हैं जिसमें वो राहुल को निर्दोष बता रहे हैं यदि राहुल दोषी नहीं है तो यह सात बार जमानत पर क्यों हैं? तीन बार उन्होंने कोर्ट में क्यों माफी मांगे इसका जवाब कांग्रेस ही दे राहुल विदेश में जाकर देश की बदनामी और देश में रहकर भी देश की बदनामी ही करते हैं कहते हैं कांग्रेस के ट्वीट मैंने देखी कईयों योग के कहते हैं कि अपराधी नहीं है हम कब कह रहे हैं अपराधी है पर सात बार जमानत पे तो है सात बार जमानत पे क्यों है ये बताए तीन बार अदालतों से माफी क्यों मांगी है ये बताना चाहिए अगर सत्य बोलते हैं तो माफी क्यों मांग रहे हैं? ये मूल प्रश्न अगर जेल जाने से डरते नहीं है, तो फिर जमानत क्यों ली? ने ईवीएम पर दिग्विजय सिंह के सवाल उठाने पर कहा कि ओलावृष्टि पर कोई भी कांग्रेस का नेता किसानों के पास नहीं गया और ये कांग्रेस ही कोरोना काल में किसी के पास नहीं गए और इन सब के बावजूद भी हर जगह कहते हैं ईवीएम खराब है साथ ही गृह मंत्री ने अमित शाह के छिंदवाड़ा दौरे को लेकर कहा कि कमलनाथ को घेरने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कमलनाथ को तो उनके ही नेता घेरते हैं अमित शाह बड़े नेता हैं पार्टी के नेताओं से संवाद करने आ रहे हैं सिंह जी की जिक्र कर रहे हैं अच्छा आप बताओ दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी इतनी भयानक ओलावृष्टि हुई मध्य प्रदेश में किसी एक खेत पर देखे क्या फिर कहते हैं ईवीएम खराब है बाढ़ आ गई प्रदेश अंदर, के अंदर बाढ़ के वक्त एक भी दोनों में से दिखा क्या फिर कहते हैं ईवीएम खराब है पूरे कोरोना के पीरियड में करोना काल में एक भी दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी एक भी अस्पताल में नहीं दिखे गरीबों को अनाज बांटते नहीं दिखे और फिर कहते हैं कि ईवीएम खराब है यार अजय लोकेटेड हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे